तो में गोचर करेंगे तीसरा होता है पराक्रम का तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन का तीसरा भाव होता है आपका पेशेंस कितना है आपके अंदर धैर्य कितनी है तीसरा भाव होता है गुप्त शत्रु का तीसरा भाव होता है गले का स्वास का तो आप लंबे समय तक शनि की साढ़े साथ ही दशकों जो चल रही थी वृश्चिक राशि के जात को इससे कुछ आपको अब निजात मिलती हुई दिखाई पड़ेगी इस साल शनि गोचर की वजह से आपके अंदर पराक्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी किसी काम को परिपूर्ण करने के लिए आप लोगों के अंदर जो आलस आलस्य आएगा ये दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा साल के शुरू में आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी लेकिन जैसे जैसे मध्य आएगा साल का और अंत तक की आर्थिक स्थिति में बेतहाशा वृद्धि होगी शिक्षा के क्षेत्र में आप नए नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए दिखाई पड़ेंगे सुख के नए साधन आपके बढ़ेंगे कोई नया वाहन खरीदेंगे कोई नया भूमि का टुकड़ा आप खरीदेंगे दर्शकों एक बात और बताना चाहेंगे कि आप किसी आध्यात्मिक की कि ओर आप जाते हुए दिखाई पड़ेंगे धर्म यात्रा पर जाएंगे घर परिवार के साथ घूमने जाएंगे आ, एक बात और बताना चाहेंगे कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है नौकरी यदि आपकी नहीं है तो इस साल आपको कोई ना कोई जॉब अवश्य मिलेगी बेहतर रहेगा वृश्चिक राज के जात को आप लोग अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाते हैं उससे उपाय आपको बहुत अच्छे बता पाएंगे फिर भी आपको करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन सैटरडे के दिन यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में दस पाँच लोगों को चाय पिला सकते और खास करके अदरक वाली चाय तो शनिदेव आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे गरीबों को आपको पका हुआ भोजन देना रहेगा खास करके जो लेबर वर्ग है आपको किसी से ऊंची आवाज में या किसी को हर्ट नहीं करना खास करके यदि वो लेबर क्लास हो न्यायालय में जा करके साल में कम से कम दो तीन बार जल जरूर सेवन कर लीजिएगा जल का सेवन जरूर कर लीजिएगा अन्यथा आपके चक्कर भी लगेंगे उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये